तूने मैं ड्रा तो सुन दादा का बोलवा आज वा भी लागा तूने पानी दिया है उसका हिसाब ले जाएगा तूने खाना खाया है उसका हिसाब लिया जाएगा तूने सफर किए है उसका हिसाब लिया जाएगा तेरे हाथ तेरे पैर तेरे कान तेरी आंख तेरी नाक ये सब आज आज सब तो वही देंगे किया अल्लाह ये हमें गलत रास्ते पर ले के गया गलत गलत गलत चीज चीज को इसमें हम को पिया, खाया खाया, या हम तो हम देते हैं, हैं, पीते थोड़े काम करते हैं ये करता है दूसरा नहीं जानता तो ये क्या कर रहा है मगर इंसान ही तो नहीं जानता जान सब जानता है मुजरिमो मुसलमो तो सब जानता है है। कि इंसान क्या कर रहा अल्लाह ऐ ऐ अलग अलग हो जाओ तुमने दुनिया में जो गलत काम किए हैं, उनकी तुमको सलाह मिलेगी खरीद में थे। थे। जो थे में दुनाई करते दुनाई करते थे, थे, थे, थे सरकार के के पीछे नमाज और से करते अगर अल्लाह नहीं था, इनको छुपा रहे तो हो सकता है अपने के तो तो मुनाफर ने उसको कहते हैं, मुंह पे तो आपकी अच्छाई आपसे बुराई वो है, है, चोरी की तो है आपकी की है माफ तो नहीं तो हमें हमारे मुनाफे को हमारी मजदूरी से निकालो यह बात हमारा जो मुनाफे को हमारी मजदूरी से निकालो तुमने नहीं बोला तो आपने फरमाया लिख लो नहीं नाम ले ले तो निकालूंगा आपने जो नाम ले ले तो निकाला हराती भी निकाल लो जो मुनाफे का अलामी निकाल जो मुनाफे का अलामी निकाल लो अब बाद में ही तो और और निकाल दिया अपनी अलग जाके देने वाली है आपने तो हमें निकाल दिया है आप करके हमारी मस्जिद में बने नहीं तो पढ़ लें हमारी मस्जिद भी साफ हो जाएगी तो ने फरमाया, ए, ए ए उमर, ए उस्मार, उस्मार, जाओ और इस को, दो। ने को दिया, खत्म कर दिया दूसरी दूसरी तो है, है इसका नाम उस को दिया था इन्होंने है है तो हम तो हम लोग कोई नाम हैं से हुआ नहीं है। रोजे मैशन सब सामने आ जाएगा कोई किसी को नहीं पहचानेगा रोजे मैशन सबको तो अपनी बक्ति तो पड़ी होगी मत को आपकी बाप जी बड़ी होगी हम लोग वाले सब के सबसे पहले हमरा दादा ने सलाम दे पास जाएंगे लादा का असूलुल्लाह है आज अल्लाह के दवात से ये हमारी तो हमारी वती हो जाए आज हजरती आदम फरमाएंगे अरे बस में नहीं है वो हजरते जो आदमी की आदमी ने हया हजरते ने कहा अगर के के काम काम आज मेरे नहीं है आज इस काम को मोहम्मद मुस्तफा कर, सकते। कर दिया मैं जरूर तुम्हारी शिफात तुम्हार करूँगा और पर आला हैं कि जाएंगे और वो के जाएंगे जाएंगे। वो लोगों को का ये सरकार को पता नहीं है सब कुछ ये पता है हमारा कन्यामार आईडी तोड़ने के लिए आज के लिए तैयारी किया है इसलिए अल्लाह तबाल करेगा तो इसका क्या जवाब लोगे आज हम लोग हैं तनाह हो रही है भरत हो रही है कोई भी देख रहा है इसलिए अल्लाह ताला भरमाता है इंशाअल्लाह ये मत समझ लेना का जाएगा, जाएगा।, जाएगा। अल्लाह हम सबको ज्यादा से ज्यादा अब देखना चले आओ कुछ काम नहीं लेंगे मैफिल में चले आओ कुछ काम नहीं लेंगे हम <ailableENE> <optimization> जान खिलाएंगे कुछ काम नहीं लेंगे सरकार की से कटराते हैं जो लोग सरकार की से मैचिले हैं जो लोग तुम तुम हम हम नाम नहीं लेंगे। तो ही समझ जाओ, हम नाम नहीं नहीं लेंगे लेंगे जो भी नदी के सुभो बिन नबी पे सुखदाला कासला दया सुभो बिन बी पर सुख में डाले चला गया बजले खुदा के साए में पझका चला गया बजले खुदा के में सारे ने पचता की जहाँ पर किया गया जहाँ पर किया गया Oh, oh, oh.